दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अभिषेक भाई अकेडमी पर दोस्तों इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया था जिसे आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है अब आपके सामने हम पैसेज एक पैसेज लेकर आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और यह हमारे आर्मी कलर के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है आशा करता हूँ क्या क्वेश्चन अभी बार भी आ जाए तो पैसेज आपके सामने हैं आइए रीडिंग करते हैं एस्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज ए वेल एस्टेब्लिश एनिशियट आर्ट फ्रॉम डिस्पाइट द द्लोरीफ्रेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन एस्ट्रीट थिएटर कंटिन्यू टू फ्लोरिस इन इंडिया दे करिएट पाइशोलॉजिक्रिएट साइकोलॉजिकल इम्फैक्ट ऑन द पीपुल A street theater as a channel of communication has for centuries been propagating the form by highlighting social economic and political issue in the society they are not affected by the modern means of entertainment unlike in the olden days today small groups of performs including students wood stage performances importance like child abuse arts awareness and domestic violence are some of areas highlighted by contemporary street theater troupe unlike in regular drama street drama employs very little props and images the human body becomes The main tools in between choreography, main dialogue, song, and slogans, and extensively used street theater is one of the most intimate media. It appeals to the motion, leading to quick psychological impact on audiences. By being local and live, they are also able to establish. Not only direct contact with the आडियंस but also by being cost-effective and flexible, are popular among all age groups. अब इसको हम लोगों ने अच्छी प्रकार से रीडिंग कर लिया है अब इसके हिंदी को देखते हैं इस तरह भी हम आपको हिंदी बता सकते थे परंतु इसे अच्छा तरीका से सोचे हैं कि इसका हिंदी अपने दोस्तों के साथ डिस्प्ले पर ही शेयर कर दूँ आइए और इसके हिंदी को देखते हैं कह रहा है कि भारत में नुकत्तर नाटक नुकत्तर नाटक तो समझते ही है हम लोग जो नाटक करते हैं तो ये अभी के जमाना का नाटक हुआ और पहले का जो नाटक था उसको नुक्कड़ नाटक कहा जाता था भारत में नुक्कड़ नाटक एक अच्छी तरह से स्थापित प्राचीन कला है पहले से ही प्राचीन कला है मनोरंजन और संचार के आधुनिक साधनों के प्रसार के बावजूद इस नाटक का जो भी प्रसार हुआ है उसके बावजूद भारत में नुकट्टर नाटक फल फूल रहा है प्रसार के बावजूद जो है यह फल फूल रहा है वे लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करते हैं लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करता है नुकटर नाटक संचार के एक चैनल के रूप में सदियों से समाज में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मददों को उजागर करके सुधारने का प्रयास किया है ये जो है टीवी चैनल इसके माध्यम से जो हमारे समाज के जो भी कमियां हैं इसको यह सुधार करता है अगला कह रहा है कि थिएटर पुराने दिनों के विपरीत मनोरंजन के आधुनिक साधनों से प्रभावित नहीं है आज छात्र सहित प्रदर्शन के छोटे समूह मंच के महत्व को प्रदर्शित करेंगे इस पर जो है छात्र लोग भाषण वगैरह देंगे जैसे बाल शोषण एड्स जागरूकता घरेलू हिंसा इस पर भाषण देता है उसी प्रकार से इस सब स्ट्रीट थिएटर पर भी भाषण छात्र देंगे अब कह रहा है कि नियमित नाटक के विपरीत स्ट्रीट ड्रामा बहुत कम प्राप्त और छवियों को नियोजित करता है मानव शरीर के मुख्य उपकरण बन जाता है कौन स्ट्रीट थिएटर जिसे कोरियोग्राफी माइम संवाद गीत और नारे और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट थिएटर का जब भाषण होता है तो इस पे क्या होता है नाटक भाषण भाषण होने के बाद नारे भी लगाए जाते हैं स्ट्रीट थिएटर सबसे अतरंक मीडिया में से एक है यह भावनाओं को आकर्षित करता है हमारे अंदर जो भी भावना है सभी को आकर्षित करता है जिसे दर्शकों पर त्वरित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है अस्थाई होने और रहने के कारण वे न केवल दर्शकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने में समक्ष है बल्कि लागत प्रभावी और लचीला होने के कारण सभी आयु और समूह के बीच लोकप्रिय है धन्यवाद इतना पढ़ने के लिए चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है एस थिएटर इज डैश टू स्टेज नुकत्तर नाटक जो है वह कौन सा स्टेज पर है तो यहाँ पे नथिंग है कुछ स्टेज नहीं है नॉट रिनूबल नॉट रिनो रिनोबल अगला है कॉस्टली कीमती है और डी है कॉस्ट इफेक्टिव प्रभावशाली है तो इसका कॉडेक्ट आंसर हो जाएगा डी कॉस्ट इफेक्टिव अगला क्वेश्चन है इसका स्ट्रीट थिएटर यूजली स्ट्रीट थिएटर का उपयोग बिथ इज सी ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पब्लिक इम्पोर्टेंस में इसके महत्व को क्या करता था तो पहला ऑप्शन है डज नॉट डील्स डज डील्स नहीं किया जाता था इज परफॉर्म परफॉर्म था इज इस डिस्टेंस इसके बीच में कुछ डिस्टेंस थी या डील्स जो इसको डील्स किया गया तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा डील्स स्ट्रीट थिएटर जो है पब्लिक इम्पोर्टेंस को डील करता था अब करा इन द ओल्डन डे पुराने समय में स्ट्रीट थिएटर इज डैश टू विलेज स्मॉल लोकेलेटी ऑफ सिटी यह सभी सिटी को क्या करता था लोकेलेट करता था तो इसका पहला ऑप्शन है वाज ऑफ पूरा खुला ही था वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाज अनट्रेंड और अगला है वाज रेस्ट्रिक्टेड तो इसका कोरेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाज रेस्ट्रि रेस्ट्रिक्टेड हम लोग पढ़े वहाँ पर ओल्डन डे में करता था अगर मॉडर्न मींस ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर कौन सा स्ट्रीट थिएटर है तो यह अभी है जो मॉडर्न मीन्स को इफेक्ट करता है तो ये तो पढ़वे की है तो मॉडर्न मीन्स इफेक्टेड इसका आंसर हो जाएगा डी अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट थिएटर क्रिएट डैश इफेक्ट ऑन ऑडियंस स्ट्रीट थिएटर जो है ऑडियंस के बीच क्या क्रिएट करता है तो हम लोग पढ़े हैं स्ट्रीट थिएटर क्रिएट ऑडियंस के बीच साइकोलॉजिकल इम्फैक्ट क्रिएट करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी साइकोलॉजिकल इम्फैक्ट मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे धन्यवाद